मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत ग्राम पंचायत सिद्दीकगंज में शिविर का आयोजन किया गया जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनका निराकरण भी किया गया सिद्धिकीगंज में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह ने ग्रामवासियों को योजनाओं की जानकारी दी उन्होंने संबल योजना प्रधानमंत्री आवास योजना दिव्यांग पेंशन योजना विधवा पेंशन आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण भी किया इस दौरान लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र और गैस कनेक्शन वितरित किए गए जिसके बाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिद्दिकीगंज इको क्लब ने पौधारोपण किया इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे